बहुत दिनों की बात है एक बार एक जंगल में गौरों का झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था तभी उनकी नजर पास के एक अनाज से भरे खेत पर पड़ी जल्द ही वो सभी गौरों ने खाने के लिए नीचे उड़ गए और फिर पेट भरकर भोजन किया जैसे ही वो सभी उड़ने के लिए ऊपर उठे उन्होंने महसूस किया की कि यह एक जाल था उनके पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे जब वे अपने आप को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे उन्होंने देखा कि वो शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर चला आ रहा था गौरैयों के नेता ने कहा रुको संघर्ष मत करो बस मेरी बात सुनो चलो एक साथ उड़ते हैं और मैं हमें अपने दोस्त चूहे के पास ले जाऊंगा वो हमें इस जाल से जरूर आजाद करवा देगा जैसे ही शिकारी चिल्लाया गौरों ने एक साथ जाल को पकड़कर आकाश में उड़ गई वे जंगल की ओर उड़ गए जहाँ एक छोटा चूहा रहता था अब गौरों के नेता ने कहा उस पेड़ के तरफ उड़ो वहाँ पर मेरा एक नन्हा दोस्त रहता है पेड़ के पास पहुँच सभी गौरों ने एक साथ पुकारा छोटा चूहा छोटा चूहा कृपया हमारी मदद करें। छोटा चूहा तुरंत जाल को चबाने लगा और जल्दी सभी गौरों को मुक्त भी कर दिया ऐसा करने पर गौरों के नेता ने अपने चूहे दोस्त को कहा धन्यवाद प्रिय मित्र तुमने आज हम सभी को बचाया इसलिए मैं सभी गौरों के तरफ से तुम्हारा शुक्र गुजार अन्य गौरइयों ने भी नन्हे चूहे को धन्यवाद कहा इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा कठिनाई का सामना करना चाहिए और आशा नहीं खोना चाहिए याद रखें कि एकता में ही बल है